महाभारती को वंदन और आप सभी को अभिनंदन करते हुए मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे कुंभ राशि के जातकों का कैरियर राशिफल 2020 प्रस्तुत करने जा रहा हूं दर्शकों एक बात बता दें कि कैरियर के मामले में आप लोगों के मन में तमाम इच्छाएं होंगी कि इस साल हमारे साथ क्या होगा तो इन्हीं आपकी जो शंका है उन्हीं के समाधान के लिए आज हम आए हैं साथ ही साथ इस वर्ष को प्रभावी और दिव्य बनाने के लिए कौन सा ऐसा दिव्य प्रयोग करें कि शुभता हो आपके कैरियर में चार चांद लगें तो चलिए दर्शकों अधिक समय ना लेते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी हमने अपने चैनल पर डाल दिया है वार्षिक राशिफल कुंभ राशि का एक का हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं तमाम जो प्रिडिक्शन हम करते हैं अपने चैनल पर उन प्रिडिक्शन को भी आप जा करके देख सकते हैं अपलोडिंग डेट आप चेक कर सकते हैं भागीद्रृंखला जो लोग सक्सेस होते हैं हमारे चैनल पर वो लोग लो आके जुड़ते जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सा परिवार है इसलिए आप लोगों से अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल में बना बेलाइकन जरूर दबाइए तो वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि उपाय वगैरह अगर कुछ छूट जाएंगे तो आपको ही नुकसान होगा तो कैरियर राशिफल 2020 के अनुसार कुंभ राशि के जातकों ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा कर्म भाव में जो मंगल की उपस्थिति से नई संभावनाएं आपको दिखेंगी जो जातक आईटी टी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए सफलता मिलने के अच्छे योग दिखा रहे हैं जो जातक सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं एसएससी की कर रहे हैं रेलवे की कर रहे हैं तो उनको जॉब मिल सकती है उनकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है क्योंकि इस वर्ष सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में कुंडली मार करके बने हुए हैं जो है आप निश्चित पाएंगे लेकिन ये योग तो बना हुआ है लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा केवल योग से कुछ नहीं होता तो आप पूछेंगे पंडित जी सब कुछ अच्छा है हमको तो मिल ही जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है जब मान लीजिए आपके शरीर में कोई व्याधि आती है आप क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होते हैं या आँखों में प्रॉब्लम होती है आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो उस चीज़ की प्रॉब्लम को टैकल करता है ऐसा तो है नहीं भाग्य के भरोसे कि पंडित जी अब तो जो है सही हो जाएगा सब ये भी सही हो भाई उपाय इसीलिए तो होते हैं तो जब आपके भाग्य में कोई बाधा आएगी आप क्या करेंगे किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी के पास जाइए अपनी कुंडली दिखवाइए हम यहाँ पर अपनी कोई बदा बखान करने नहीं बैठे हुए हैं आपके आसपास तमाम ज्योतिषी आप लोग वहाँ पर मिल करके दिखा लीजिएगा आ, लेकिन ऐसे जो मकार ज्योतिषी हैं जो कि आपकी ग्रहों की शांति आपको ही आपके घर पे बैठाए रहेंगे और कहेंगे कि हमने कर दिया तो ऐसे लोगों से आप लोग बचिएगा YouTube पर तमाम चल चल जो है तमाम जो है ज्योतिषी ऐसे चल चुके हैं टी चैनल्स पर तमाम हैं तो ऐसे लोगों से आपको बचना रहेगा तो दर्शकों कुंडली में योग हैं लेकिन फलित करने के लिए आपको देखिए मेहनत करना पड़ेगा तो कुंभ राशि के जातकों मेहनत करिएगा परिश्रम नित्यांत आवश्यक है इसके बाद ही आपके मन की मुराद पूरी होगी ऐसा नहीं है कि आप बारह मास रजाई में जो है ए ऑन करके लेटे रहेंगे और आप आईएएस बन जाएंगे आईएएस बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है कर्म क्षेत्र का स्वामी है ग्रह दर्शकों जो ये आपकी हॉरोस्कोप में आपकी जन्म पत्रिका में स्वराशि का विराजमान है जो कि आपकी राशि के लिए रुचक महापुरुष नामक योग बना रहा है तो इसका लाभ आपको कार्य में शुरुआत से ही देखने को मिल जाएगा आपकी शुभता बढ़ेगी तरक्की के अवसर बढ़ेंगे साथ ही साथ पॉलिटिक्स यदि आप कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके हाथ लग सकता है नई जॉब के यदि आप तलाश में हैं तो ये इच्छा भी आपकी पूरी होगी तो कुंभ राशि के जातकों दुनिया आपके कदमों में झुकेगी और अच्छे दिन शुरू हो गए ये आप जान जाइए साथ ही नए बिजनेस के योग भी बना रहा है तमाम प्रकार के नए बिजनेस आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कर सकते हैं लोहे से संबंधित कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कर सकते हैं केमिकल चीज़ों से रिलेटेड कर सकते हैं फार्मा से रिलेटेड दवाओं से रिलेटेड कर सकते हैं लेकिन वर्ष के शुरुआती माह में ही 24 जनवरी को शनिदेव अपने राशि से बारहवें स्थान में आ जाएंगे जिससे आप पर शनि की साढ़े साथी भी दर्शकों देखिए शुरू हो जाएगी थोड़ा सा कष्ट रहेगा इसी कष्ट के चलते आपका ध्यान हो सकता है थोड़ा सा करियर से हटे आपका मन ही ना करे कि हटाओ यार कुछ हमको पढ़ना लिखना भी है लेकिन ऐसा नहीं है इसके उपाय हम आपको बताएंगे तक बने रहिएगा मार्च माह के अंत में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से बारहवें स्थान पर आ जाएंगे जिससे आप अपने स्थान में दूर जा सकते हैं लेकिन आपको कुल मिलाकर के ये जो परिवर्तन होगा आपको लाभ दिलाएगा आपको अपने करियर को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा नए अवसर आपको प्राप्त होंगे उनको लोगों से छीनना पड़ेगा कुंडली में 11 मई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं, जिसके पश्चात आपकी परेशानियों में थोड़े से और अधिक अधिक जो है इजाफा होने के योग बन रहे हैं इस दौरान आपको अपने कार्य स्थल पर थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है अपने कार्य को लेकर के आपके मन में कुछ भावना आ सकती है लोगों के साथ आपका कुछ वाद विवाद हो सकता है झगड़ा हो सकता है कोर्ट कचहरी इत्यादि का जो है मतलब जाने के योग बन सकते हैं तो खुद को संभालिएगा पेशेंस रखिएगा धैर्य मत खोइएगा यदि इस साल आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है लेकिन पार्टनरशिप में काम करने से पहले अच्छे से पार्टनर को जाँच पर लीजिएगा अप्रैल से जून का माह आपके लिए अच्छा रहने वाला है तीस जून को देव गुरु फिर से धनु राशि में वापस चले आएंगे जिससे आपके रुके हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे यानी कि कार्य स्थल पर किए गए कार्य आपको लाभ देंगे सितंबर माह के मध्य में गुरु के मार्गी होने के बाद आप एक बार फिर अपने करियर को आगे की ओर ले जाएंगे योजनाएं बनाएंगे जिसमें देवगुरु बृहस्पति आपकी सहायता करेंगे कुंभ राशि के जातकों वर्षफल 2020 के अनुसार 23 सितंबर में राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपकी राशि से चौथे स्थान में होने जा रहा है जो कि आपके लिए कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग बना सकते हैं नौकरी में प्रमोशन हो सकता है नौकरी में ट्रांसफर के योग हैं इसके साथ ही केतु का लाभ स्थान से कर्म के स्थान पर विराजमान होना मंगल की राशि वृश्चिक की राशि में इसका फल आपको मंगल की तरह ही मिलेगा काम के मामले में तरक्की करने के तरक्की के तमाम योग बनेंगे काफी समय से यदि कोई साक्षात्कार आपने दिया है या कोई रिजल्ट आना बाकी है तो उसका शुभ फल कुंभ राशि के जातकों को निश्चित ही मिलेगा कुल मिलाकर के वन वर्ल्ड में यदि हम बात करें तो ये वर्ष आपके लिए औसम रहने वाला है काफी अच्छा रहने वाला है बेहतरीन रहने वाला है और अच्छे दिन शुरू हो गए ये हम फिर से बोल रहे हैं बस आपको मेहनत करनी होगी साथ ही साथ एक बात और बताना चाहेंगे जो इंजीनियर इंडिया में रह रहे हैं या जो साइंटिस्ट इंडिया में रह रहे हैं और इन्होंने फॉरेन के लिए अप्लाई किया हुआ है फॉरेन ये जा सकते हैं ये विदेश जा करके कोई बहुत बड़ा जो है मतलब अचीवमेंट कर सकते हैं इस साल आपके बिजनेस में तमाम धमाकेदार शुरुआत होगी यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आई जिसको बोलते हैं मोबाइल से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं या इसमें कोई शोध कर रहे हैं तो आप अचानक से उभर करके सामने आएंगे साथ ही साथ कोई बहुत बड़ी कंपनी में आपको नौकरी मिलेगी सोर्स ऑफ इनकम कुंभ राशि के जातकों की इस साल एक से अधिक होगी एक से अधिक कैरियर ये लोग चूज करेंगे नौकरी के साथ साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं या कोई रेंटल प्रॉपर्टी वगैरह भी ये लोग क्रय करके जो है दे सकते हैं तो ये तो था वार्षिक राशिफल कैरियर का कुंभ राशि का तो दर्शकों अब उपाय की ओर चलते हैं लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि प्रतिदिन हम कभी ना कभी लाइव आ जाते हैं तो बगल में बना बेलाइकन दबाएंगे तो उससे नोटिफिकेशन पहुँचेगी और उस समय हम फ्री में भी कुंडली देखते हैं तो नित्यांत आवश्यक है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ये चैनल आपकी ज़रूरत बन करके उभरेगा तो दर्शकों उपाय पर आ जाते हैं उपाय नंबर एक आपको करना क्या रहेगा प्रतिदिन दशरथ के शनि स्त्रोत का पाठ करिए दूसरा दर्शकों आपको करना क्या रहेगा सटरडे के दिन आपको पीपल के वृक्ष पर जल में काला तिल लाल रोली गुड़ थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके शाम के समय आफ्टर सनसेट आपको ये करना है जिनको हम मॉर्निंग बताते हैं मॉर्निंग में करेंगे जिनको इवनिंग बताते हैं उनको इवनिंग में करना है शाम के समय पीपल के वृक्ष पर जलार्पण करिए और एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक एक दीपक जिसमें चार रुई की बत्ती हो वो आपको प्रज्वलित करना रहेगा पीपल के वृक्ष पर दूसरा प्रयोग आपको करना ये रहेगा कि शनिवार वाले दिन सुंदर का आपको पाठ करना रहेगा ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है संडे वाले दिन नमक को एवॉइड करिए तथा हनुमान जी को एक मीठा पान मंगलवार वाले दिन ये आपको अर्पित करना रहेगा चाहना रहेगा देखिएगा ये ये जो मीठा पान है ना ये आपके लिए क्या क्या चीज़ें जो है द्वार खोलेगा साथ ही साथ दर्शकों एक उपाय और बताते हैं कि स्नान करने के जल में आपको एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके घोल लेना उसके बाद स्नान करना रहेगा केसर का तिलक प्रतिदिन मस्तक जिभा नाभि पर आपको लगाना रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि किसी भी मजदूर को या लेबर को आप लोग दुखित मत करिएगा उनकी मजदूरी इत्यादि उनका पारिश्रमिक इत्यादि जो है वो आप दे दीजिएगा मजदूरों के चेहरे पर आप जितनी ज़्यादा खुशी लाएँगे शनिदेव आपके चेहरे पर उतनी ज़्यादा खुशी देंगे सैटरडे के दिन आप जो है दो चार दस विकलांग व्यक्तियों को कुछ मीठा जो है आप लोग भोजन करा सकते हैं जैसे कि दूध चावल हो गया उसमें चीनी डाल दीजिए या मीठा चावल आप खिला सकते हैं तो ये उपाय आप करिए आपके लिए बेहतर रहेगा कैसा लगा है प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताएं और कमेंट में प्लीज़ कुंभ राशि के जात जय श्री राम का आप लोग उद्घोष जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल महासागर हो जाना चाहिए जय श्री राम के नाम से तो दीजिए इजाजत नव वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी से विदा लेते हैं दीजिए इजाजत तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय